नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ओम प्रकाश है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करता हूं मोबाइल असेसरी और कंप्यूटर असेसरी तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल ब्लूटूथ डिवाइस लेकर आया हूं जिससे आपको यूट्यूब के वीडियोस बनाने में बहुत ही आसानी होगी और उसके लिए आपको बहुत ही स्टैंडर्ड लुक हाई प्रोफाइल लुक का एक ब्लूटूथ लेकर आया हूँ तो उसका नाम है सुपर क्लास बी बहुत ही प्रीमियम लुक में है और और इसका बैकअप भी बहुत ज़्यादा है 20 घंटे का बैकअप है इसका और इसे आप ऐसे अपने कानों पर लगा सकते हैं एक बहुत अच्छे लुक के साथ कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है और बढ़िया है बीस घंटे का बैकअप है और यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए बहुत ही सफशेंट और एक बहुत हाई क्वालिटी वॉइस के साथ आपको ये मिलता है और रेट भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है सिर्फ सात सौ में आपको ये मैं प्रोवाइड करा दूँगा या फिर आप ऑनलाइन कहीं से भी ख़रीद सकते हैं तो एक बहुत अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट आज आपको दिखाया है मैंने अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें जरूरत हो तो वो ले सकें